हेलो आइज कैसे हो आप सब लोग आज आपका भाई एक गेम प्ले वीडियो लेकर आया है विंजियो गेम्स का तो चलिए पहला गेम प्ले शुरू करते हैं इस चाकू वाले से हम जीतेंगे इसमें चाकू पर वापस चाकू नहीं मारना है इसमें हमें पॉइंट बढ़ाने पड़ते हैं और धीरे धीरे खेलना पड़ता है और दो या तीन प्लेयर होते हैं इसमें और हमें सबसे ज़्यादा पॉइंट लाने पड़ते हैं इसलिए देख लो गेम हम चला रहे और ये जो सेम है ना एप्पल्स इनको भी हमें खाना है क्योंकि इनसे हमारे पॉइंट बढ़ते हैं ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है समझ रहे हो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना तो चलो करते हैं विंजो से कमाई क्योंकि ये बहुत बढ़िया ऐप है आराम से खेलना है मज़े से खेलना है शांति से खेलना है और साथ में लाइक सब्सक्राइब भी पेलना है क्योंकि मैंने भी इस गेम से बहुत कमाई की है और आप भी कर सकते हो इसमें फ्री है बिल्कुल एक बार आपको दस लगाना है ज़्यादा नहीं लगाने पड़ते बस फिर आप पैसे ही पैसे कमा सकते हो मैंने भी अपनी ज़रूरतें पूरी की है इस वीडियो गेम्स से मैं अपने हर आइटम लेने के लिए विंडियो गेम्स के पैसे से इस्तेमाल करता हूँ इसलिए आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो ये देखो सिंगल खेलने में मैं विजेता हो गया और मेरे को अर्निंग हुई तीन पॉइंट चालीस पैसे थैंक यू